नमस्कार दोस्तों सभी नौजवान साथियों प्यार नौ नमस्कार पूजनीय माता पिता एवं गुरुजनों के आशीर्वाद से कर दिखाइए कुछ ऐसा कि पूरा विश्व करना चाहे आपके दिखा आज हम सब सीखेंगे सुबह जागते ही क्या कुछ ऐसा विधि करें ताकि पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा मन लगे कल एक कोचिंग सेंटर में कुछ विधि सिखाने के लिए गए हुए थे अधिकांश विद्यार्थी का यही प्रश्न था कि सुबह उठते हैं लेकिन उठने के बाद पढ़ने में मन नहीं लगता मन करता फिर सो जाना कभी इधर दर्द है कभी इधर जकरण लगता है सुबह उठते ही पढ़ने का मन नहीं लगता जबरदस्ती किसी तरह अपने आप को बैठाते हैं उसमें ज्यादा याद नहीं हो पाता सही तो बस हम इस विधि को अपना लें खूब मन लगेगा और खूब याद भी पढ़ने में होगा बहुत ही सरल और आसान भी थी जब भी सुबह हम जागे नींद खुले तो दिल से भगवान को प्रणाम कीजिए भगवान को दिल से प्रणाम कीजिए हे प्रभु हे भगवान हे मालू आज फिर आप हमें अपने संसार में कुछ करने का शुभ करने का मौका दिया है प्रभु ऐसी बुद्धि देना हे मालिक हे भगवान ऐसी विवेक देना ताकि संसार में शुभ कार्य कर सकूँ शुभ विचार में रह सकूँ हे भगवान हे मालिक ऐसे परमात्मा से मात्र एक मिनट मन को जोड़िए इससे हमारा मन चार्ज हो जाएगा जैसे मोबाइल भी चार्ज हो जाता है और एक घंटा हम चार्ज कर देते हैं तो सारा दिन अपना काम मोबाइल करते रहते हैं तो ये विधि से हम अपने मन को परमात्मा में जोड़ के मात्र मिनट में इसको चार्ज चार्ज कर लेते हैं। अब आइए हम अपने तन को पैर की अंगली इस तरह से मोड़नी है। फिर छोड़ते हुए इसे छोड़ देनी है फिर लंबी गहरी श्वास नाभि फेफड़ा में भर लिए अब इस तरह से अंगली मोड़ दिए दस बीस बार इस तरह से कर लिए फिर लंबी दस बार ये विधि मात्र कर लिए उसके बाद इस गर्दन को धीरे धीरे इस तरह से कीजिए श्वास की गति सामान्य हो अब पूरा गर्दन पांच बार इस साइड और पांच बार इस साइड सुबह उठते ही जगते ही इस विधि को करें और उसके बाद मिनट इस तरह से दौड़ लीजिए दो मिनट इस तरह से कर लिए उसके बाद आपका जो भी रूटीन का कार्य है नित्य क्रिया है शौच क्रिया हो या अन्य जो भी सुबह उठते ही करते हैं उस कार्य में आप फ्रेश होने के लिए लगिए उसके बाद इस विधि को अपनाकर देखिए और जो भी कार्य करते हैं विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं तो उन देखिएगा कि पढ़ने में कितना अधिक रुचि आती है कितना मन लगता है और याद भी ज़्यादा से और विद्यार्थी ही नहीं सभी व्यक्ति इस विधि को करके देखे कुछ दिन चाहे वह किसान हो ऑफिस में कार्य करते हों बिजनेसमैन हैं, दुकान में काम करते हैं इस विधि से होता क्या है कि जिसे इस तरह से करिए तो रात में सोने के वजह से कहीं यदि दबाव आ गया है नस में तो पूरा ब्लड संचार कहीं अधिक है कहीं कम है तो वो सारा समान हो जाता है और दबाव शरीर के अंदर समाप्त हो जाता है एक फ्रेशनेस महसूस होता है उसी तरह से पाइप भी इस तरह से करते हैं तो पूरा उपाय भी यदि रात में कहीं इस तरह से सोया दबा हुआ है तो पूरा नस एक्टिव हो जाता है और लंबी जो भरते हैं तो अंदर का मात्र इस विधि में आपका पांच से छह मिनट लगता है सुबह जगते ही इस विधि को कर लीजिए उसके बाद आप चाहे पानी पीजिए बाथरूम जाइए फ्रेश हो जो भी कीजिए लेकिन इस विधि को यदि सुबह जगते हम कर लिए तो शुभ भाव से हमारा मन चार्ज और इतना से हमारा कितना शुभ होगा और सारा दिन आप फ्रेशनेस और हल्का महसूस कीजिएगा तो इस विधि यदि लगातार आप कुछ दिन करते रहते हैं और विद्यार्थी नौजवान साथ ही यदि इस विधि को लगातार पांच छह महीना कर लिए तो इस विधि को अपनाकर आप कुछ ऐसा कर दिखाइएगा कि पूरा विश्व करना चाहेगा आपके देश तो इसी के साथ आप सभी नौजवान साथी को प्यार भरा नमस्कार जय हिंद जय भारत